फ्रेंड्स मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा आज मेरे साथ जी जी मेरे साथ सुरेंद्र सुरेंद्र जी जी हैं पास एक साल पहले भी आए थे आप अपनी दिक्कत के बारे में बताए ताकि जो हमारे व्यूअर्स है वो समझ सके और आपने क्या क्या इलाज कराया कैसे ठीक होता है और कैसे चला जाता है मेरी... क्या बोले तो चुले, चुले, खुला में था। और में है ये ये यहाँ पे भी तो मैं कम से कम अगर डेढ़ दो घंटे गाड़ी के मतलब ड्राइवर कोई कर रहा है हूँ साथ बैठा हूँ वो तो मेरे यहाँ से बैठना कुछ तो जाता मेरे को जी जी तो, हाँ, तो ये हमारे लास्ट ये भी आए आए थे थे इसी दिक्कत के साथ थे, भाई साथ थे, और मुझे अब आ रहा है, जब जो हम सोच रहे हैं कि इनको जेन्यून शाटिका नहीं है बट शाटिका जैसे सिमटम्स है तो शाटिका जैसे सिमटम्स जब हम बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि नर्व का दर्द नहीं है नर्व का दर्द होते ही पेशेंट चल उसमें एक रीजन बहुत बड़ा ये होता है की वो या तो या तो वो चौकड़ी मार के बैठे रहते हैं बहुत देर तक या वो किसी भी पोजिशन में खड़े हैं तो खड़े रहते हैं ऐसे कुछ होते जी चौकड़ी मार के तो ज्यादा नहीं बैठता मैं अगर, अगर आप गाड़ी में बैठे हैं किसी भी पोजीशन में होती है तो और इसका मतलब यह होता है कि आपका अगर ये कूला है हाँ जी ये कूड़ा अच्छा। तो कूला तो नहीं है बस कूला का एक हिस्सा है कूला इसमें जुड़ता है अगर आप बैठते हैं और किसी तरह से ये इस तरह से झुका हुआ है अच्छा। तो इसी कूले में सारा प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है तो यहाँ से जो पीछे से नसे जाती हैं इस तरफ से उनमें सब में टेंशन या कंप्रेशन आना चालू हो जाता है, है। वही टांगों तक नीचे तक नीचे दर्द जाना चालू हो जाता है तो हम इसके लिए ट्रीटमेंट भी करते हैं ताकि हम स्किन मसल फेशियल को भी रिलीफ कर सके और इसके साथ साथ हम एडजस्टमेंट भी करते हैं आप उसके बाद चार पांच दिन आए थे मैं पीछे सात डेढ़ एक बार आया था फिर एक बार आया था अच्छा तो आपको एक ही बार में आराम मिला था आराम मिला था तो आपने बुलाया था मैं अच्छा, कोई कोई बात नहीं अगर आपको आराम मिल गया था तो कोई जरूरत नहीं थी आने की कहीं निकल गया फिर आया नहीं गया अच्छा चलिए वेरी गुड अब मैं इनका जल्दी से आपको एडजस्टमेंट दिखाता हूँ और आपने से किसी को इस तरह की जिसको हम फेक शबिका जैसा दर्द बोलते हैं या कोले वाला दर्द बोलते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या जो हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं आपके आसपास कोई करता है तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं आइए भेजेंगे उल्टाएंगे आराम से हाथ नीचे ये इनकी बैक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइट, अपने टाइट है। करवट लेंगे मेरी तरफ करवट ले लीजिए अब इस एज में क्या है बहुत ज्यादा थ्रस्ट नहीं ले सकता बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगा सकता ऐसा कुछ करने पर कई बार चेस्ट में रिप्स में पेन आ सकता है छोड़ दीजिए वेरी गुड, लोअर से सीधा अब सामने छोड़ दीजिए इजी इजी इजी नाइस नाइस दूसरी उनके लिए कोई मैसेज हुआ आपका वो आप अपना मैसेज दे सकते हैं आपका क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे दो तो तो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन को हित करें कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे जरूर पूछे हम आपके सारे सवालों का जवाब देते रहेंगे थैंक थैंक यू थैंक यू